इसी चीज में भटक गए हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी मिलेगी तभी उनका काम जमीन लेकर के ये सब चीजें कर सकते हैं और बाहर से ज्यादा यहाँ कमा सकते हैं और दूसरे को रोजगार तो यहाँ होटल मैनेजमेंट के फाइव स्टार होटल तो सोच है कि हम ऑर्गेनिक बेस्ड खेती करने के लिए फर्टिलाइजर फ्री खेत करना नमस्कार जय हिंद बोला जाता है कि हमारी देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती आज इसका साच एग्जांपल आपको देने वाला हूं मैं पहुंच चुका हूं एक पटरिया के गांव में जहां पे देख सकते हैं लहलहाता खेत आपको दिख रहा होगा और ये खेत में सोना की तरह फल उगाया जा रहा है सब्जी उगाया जा रहा है मैं पूरी तरीके से आपको बताऊंगा कि एग्जाम्पल के पेश तरीके करके यहाँ पे सब्जी उगाई जा रही है अभी शिमला मिर्च की खेती हुई है इसमें तरह तरह की खेती की जाती है बताया जाता है कि यहाँ पे मिर्ची की भी खेती होती है हमारे साथ इन इनके मालिक भी मौजूद है जो खेती कराते हैं उनसे मैं बात करके समझने की कोशिश करूँगा किस तरीके से इन्होंने सोचा कि ऐसा खेती कराया जाए और इससे समाज के लोगों के साथ साथ किस तरीके से यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो रहा है मैं बात करूँगा पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर खेती हो रही है देख लीजिए यहाँ पे शिमला मिर्च अभी लगी हुई है जो कि लास्ट हो चुकी है ये दो तीन महीने पहले ही लगाई गई थी अभी भी यहाँ पे फसल आपको दिख रहा होगा देख सकते हैं शिमला मिर्च लगा हुआ है और ये बताया जाता है कि दो दो से ढाई कट्ठे में लगाया गया देख सकते हैं मैं शिमला के मिर्च के जो है खेत में ही मौजूद हूँ और ये पूरी लहलाहाती खेत ये ढाई ढाई जो है कट्ठा में लगाया गया इसके साथ साथ यहाँ पे मछली पालन भी की जाती है जो की तीन खेतों तीन जो है पोखरा बनाया गया है मैं सबसे पहले मालिक से बात करूंगा कि किस तरीके से इन्होंने सोचा और इसके लिए इन्होंने आगे कदम बढ़ाया इससे पहले वो क्या करते थे खेती का आइडिया इनको कहां से आया जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आज के किसान मजदूर देश से अपने जगह से बाहर जाकर लोग कमा रहे हैं और 10 से बारह हजार रुपया नौकरी कर रहे जी इस तरीके का चीज उनको पता चले तो यहाँ पे रह उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और स्वच्छ हवा का आनंद भी ले सकते हैं आइए हम लोगों से बात करते हैं सबसे पहले सर आपका नाम मेरा नाम करणवीर सिंह है पररिया का रहने वाला हूँ मैं गैर डिस्ट्रिक्ट में, में मेरा गांव है और इससे पहले हम बाहर में जॉब करते थे दुबई में थे होटल मैनेजमेंट की एक फाइव स्टार होटल में शेफ थे लॉकडाउन में जब वापस आए तो कुछ सोचे कि कुछ अपने लिए करना चाहिए बहुत जॉब कर लिए उसके रिगार्डिंग बहुत जगह घूमे देखे यूट्यूब से कुछ मदद लिए और बहुत विशेषज्ञ लोगों से मिले जो खेती के एक्सपर्ट हैं उनसे मिलकर के संभावना तलाशे तो देखे कि यहाँ पे हम एक फिश फार्मिंग और वेजिटेबल फार्मिंग के लिए अपना एक प्रोजेक्ट बनाया और उसके बाद देर संभावना तलाशने लगे कि यहाँ पर क्या कौन सा चीज़ सही तरीके से हो सकता है और मेरा सोच है कि हम ऑर्गेनिक बेस्ट खेती करने के लिए फर्टिलाइज़र फ्री खेत करना है हमको धीरे धीरे एक बैग तो नहीं हो सकता बट इस समय फोर्टी परसेंट हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं सिक्सटी परसेंट मेरा ऑर्गेनिक खेती होती है तो आपने कब सोचा और आपको प्रेरणा कहां से मिली कि इस तरीके की खेती की जाए और इससे लोगों को फायदा हो साथ साथ मुझे भी फायदा हो यह प्रेरणा कहां से मिली क्योंकि आप दुबई में जॉब करते होंगे तो आपको अच्छी खासी वहाँ पे पैसा अर्न करते होंगे लेकिन ये जगह पर आकर आपने किस तरीके से आपके मन में बदलाव हुआ कि इस तरीके का खेती करनी चाहिए लॉकडाउन के बाद जब वापिस पटना आए वहाँ पर मेरे पिताजी जॉब करते थे पुलिस विभाग में थे वहाँ पे जब सब्जी खाते थे वहाँ पे जैसे मार्केट गए सब्जी लेकर घर में आए तो उसका टेस्ट और गांव आकर सब्जी खाते थे तो उसके टेस्ट में जमीन आसमान का अंतर था ठीक है तो इस पे हम पता किए जानकारी इकट्ठा किए तो पता चला कि ये फर्टिलाइज़र के कारण ऐसा होता है तो कुछ एक्सपर्ट जो ऑर्गेनिक खेती एक्सपर्ट होते हैं उनसे मिले उनसे बातचीत किए उनसे जानकारी इकट्ठा किए उसके बाद पूरा मन बना लिए कि हमको ऑर्गेनिक वेस्ट खेती करना है कुछ कृषि वैज्ञानिक से मिले कुछ मीटिंग्स में गए कुछ ट्रेनिंग में गए वहाँ जानकारी मिली वहाँ से बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला उसके बाद हम आकर के अपना प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर दिए आप क्या बताना चाहते हैं जैसे लोग जो अपने ज़मीन जो गाँव देहात में लोग को ज़्यादा जमीन होता है फिर भी वो बाहर जो जॉब करें उनके बारे में आपकी क्या राय उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं वो चाहें तो यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएँ हैं एग्रीकल्चर में तो अगर जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है नहीं भी है वो लीज पे ज़मीन लेकर के ये सब चीज़ें कर सकते हैं और बाहर से ज़्यादा यहाँ कमा सकते हैं और दूसरे को रोज़गार यहाँ दे सकते हैं रोज़गार का मतलब ये नहीं होता सिर्फ सरकारी नौकरी यहाँ के युवा इसी चीज़ में भटक गए हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी मिलेगी तभी उनका काम चल पाएगा लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि यहाँ पर संभावना कितना है बहुत सारे क्षेत्र में सिर्फ कृषि में ही नहीं है बहुत सारे क्षेत्र में बट हम इसको इसलिए चुने कि लोग जो है पारंपरिक खेती कर रहे हैं इसीलिए किसान को यहाँ पर आए नहीं मतलब कमा नहीं पा रहे उनके पास पैसा नहीं आ पा रहा है सिर्फ चावल धान गेहूं सारे कुछ नहीं होने वाला उसके जगह पे आपको अल्टरनेट खोजना ही पड़ेगा कुछ मतलब ऐसा चीज़ करना होगा जिससे आपको अच्छा अर्निंग हो तो इस तरीके की खेती आपने किया तो क्या इसे सरकार से कोई आपको मदद मिली नहीं सरकार से कोई मदद नहीं मिली ए, कुछ आए ब्लॉक से भी मिलने के लिए यहाँ पे आए आत्मा से आए लेकिन हमको ऐसा कुछ दिखा नहीं ए, ए, एक्टिविटी उनका और उन उतना उत्सुकता दिखा नहीं फिर तो उसके बाद हम लोग अपना जानकारी इकट्ठा किए थे हम लोग खुद से ही अपने काम के और आगे बढ़ चले बहुत एक्सपर्ट लोग हैं कुछ महाराष्ट्र में किसान हैं कुछ गुरुआ में एक है शिवनंदन सिंह उनसे एक्सपर्ट सलाह लिए एक यहाँ पे डोबी के पास है कुपी गाँव है वहाँ पे एक कृषि रत्न किसान है बिहार रत्न उनको मिला हुआ कृषि विभाग में तो उनसे सहायता लिए और उसके बाद हम अपना खेती चालू कर दिए देखिए मैं इनको सलाम करना चाहता हूँ कि दुबई से आकर इतना नेक काम कर रहे हैं जो कि समाज के लोगों के साथ साथ एक प्रेरणा बना हुआ है क्योंकि इतना बड़ा खेती इसके साथ साथ मछली पालन जो कि मछली पालन भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ से तीन तालाव बनाए गए हैं और बिल्कुल आधुनिक तरीके से जो है वह मछली पालन किया जा रहा है देख सकते हैं आप यहाँ पे तालाव और तलाव के साथ साथ साइड में आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए पाइप लगाया गया है पूरी तरीके से की गई है यहाँ पे लाइट तक की व्यवस्था की गई है रात में देख सकते हैं लाइट तक की व्यवस्था की गई है चारों तरफ और मछली पालन के लिए जाली भी लगाया गया है पूरी आधुनिक तरीके से खेती की जा रही है इस तरीके से खेती होती है तो बिल्कुल उसका रिजल्ट निकलता है बताने का मतलब यह होता है कि इस तरीके का यदि आपको बात पता चलेगी तो आप भी यदि दूर दराज कहीं रहते हैं और अपने गाँव में आकर कुछ करना चाहते हैं गाँव के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है ये सेवा के साथ साथ ये एक ये एक बिजनेस भी है जो कि बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है देख सकते हैं यहां पर तालाब है और तलाव में किस तरीके से यहां पे मछली पालन हो रहा है बिल्कुल यहां पे पानी की पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है देख सकते हैं पूरा तरीके से यहां पे लगाया गया है मैं लगातार इसलिए प्रयास करता रहता हूं कि हर पॉजिटिव नेगेटिव खबरों को आपका दिखा रह, दिखाता रहूं ताकि इसमें समाज में कुछ बदलाव आए लोगों में कुछ बदलाव आए जो बिहार के लोग बाहर काम कर रहे हैं जो देश विदेश में काम कर रहे हैं वो अपने गाँव आकर कुछ कर सकते कु हैं इस तरीके का दिखाने का मतलब यह होता है मेरा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा जब आप फेबुक देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा कैमरामैन प्रीतम के साथ मैं प्रकाश अग्रवाल फ्रॉम बिहार जंक्शन जय हिंद